टूडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी जैसा कि पहले हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ा चुके हैं आशा है कि आप लोग ने पढ़ा होगा आज हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ाएंगे यूज देन सेक्शन ऑफ कोर्ट एग्जीक्यूटि मोर देन वंस जब एक ही सेक्शन को हम कई बार रन करते हैं तो वो लूप स्टेटमेंट में कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर गता है A section of code may either be executed a fixed number of times or unknown numbers of times while some condition is true. Three looping statements are there: while, do while, and for. Today we will learn these three in detail. The while loop. Certain group of statement are to be executed repeatedly depending upon a certain test condition. Their while statement is used. The syntax is as follows. वह से ऐसे group हैं जो execute होते हैं बार बार किसी एक particular condition पे तो वो while loop के अंदर गर्द आता है. इसका syntax है while test condition body of the loop where we write the statement और इसका एग्जांपल है कि हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले दो लाइब्रेरी हम इसमें इंक्लूड करेंगे एस टी डी आई एंड मैथ डॉट मेन फंक्शन ओपन करेंगे वेरिएबल डिफाइन करेंगे एक्स और फैक्ट equals to वन enter any number अब हम कोई एक number enter करेंगे x में जिसको scan करेंगे percent d integer form में लेंगे और while का loop चलाएँगे x is greater than ज़ीरो by default x की value ज़ीरो होती है लेकिन जब हम उसमें scan करेंगे तो कोई number आ जाएगा तो एक्स की वैल्यूप while का loop तब तक चलेगा जब तक कि x की value ज़ीरो से बड़ी है और फैक्टोरियल निकालेंगे फैक्टोरियल निकालने के लिए फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू एक्स करेंगे अब एक्स क्या है हमारा मान लीजिए फाइव लेते हैं तो फाइव पहली बार फैक्टोरियल में वन है वन इसीलिए लिया है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होगा तो जो भी वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो हो जाएगी तो उसको हमने वन रख दिया फैक्ट में और एक्स से मल्टीप्लाई किया तो पहली बार फाइव मल्टीप्लाई होगा फिर एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन होगा तो फोर हो जाएगा फोर इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो दैट मींस कि फोर बड़ा है ज़ीरो से तो फिर वो यहाँ आएगा अब फाइव इंटू फोर करेगा तो ट्वेंटी हो जाएगा फिर आ जाएंगे माइनस होगा थ्री हो जाएगा तो ट्वेंटी इंटू कितना हो जाएगा नाइन्टी हो जाएगा नाइन्टी हो, हो जाएगा फिर इसके बाद फिर माइनस करेंगे टू आएगा तो वन एट्टी हो जाएगा इस तरह से फैक्टोरियल निकल आएगा और हम इसको फिर प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल इज परसेंट डी पै आउटपुट क्या हो जाएगा ये देखें यहाँ पर इसने दूसरा वैल्यू लिया है एंटर द फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल का फोर आ जाएगा ट्वेंटी टू फोर थ्री जो ट्वेल्व ट्वेल्व द डू वाइलू इट इज सिमिलर टू लूप डिफरेंस इज दैट कंडीशन इज चेक एट द एंड ऑफ द लूप वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है डू वाइल में बाद में कंडीशन चेक होती है तो पहला वाला प्रिंट आउट जो होता है वो हो ही जाता हर हालत तो में क्योंकि इसका सिंटेक्स क्या है डू करली ब्रैकेट स्टेटमेंट वाइल्ड टेस्ट कंडीशन यहाँ पर कंडीशन लगेगी अब इसका एग्जाम्पल समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पहला है एग्जांपल है राइट अ प्रोग्राम टू तो प्रिंट द फर्स्ट टेन इवन नंबर्स दस इवन नंबर हमें प्रिंट करना है अब इवन नंबर आप जानते होंगे टू फोर फाइव टू फोर सिक्स एट दो टू से डिविजिबल हो इंक्लूड एस टी डॉट एच करेंगे मेन करेंगे इंट आई करेंगे इंट जे इक्वल्स टू टू रखेंगे क्योंकि टू से डिवाइड करना हमको अब क्या करेंगे अभी इसने डिवाइड नहीं किया इसने सीधे प्रिंट कर दिया है तो डू प्रिंट ए परसन डी जे इस प्रोग्राम में उसको जे की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और आई को एज अ काउंटर लिया है तो आई प्लस टू आई प्लस वन जब पहला टू प्रिंट होगा तो आई की वैल्यू वन हो जाएगी और तब तक ये लूट चलेगा जब तक कि दस नहीं हो जाता है तो इस तरह से दस से कम क्यों ले रहे हैं क्योंकि आई ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जे की वैल्यू को हर बार दो बढ़ाता जाएगा और बीस तक प्रिंट कर देगा तो इस तरह से हम दो बाई लूप चला सकते हैं अब आया थर्ड फॉर लूप यूज्ड यूज नंबर ऑफ़ इंटरेशन ऑफ लूप इज़ नोन बिफोर द लूप इज एंटर्ड यहाँ पर हमें ये फिक्स हो कि ये लूप कितनी बार चलेगा वो वहाँ पे हम कॉल लुक यूज़ करते हैं और जनरली लोग ज़्यादातर फॉर लुप की यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हर चीज़ फिक्स होती है इसकी तीन कंडीशंस होती हैं सिंटैक्स में पहला वेरिएबल लुक के स्टार्टिंग को इनिशलाइज करते हैं फिर कंडीशन रखते हैं जो चेक करता है कि लूप एग्जिट करेगा कि नहीं और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है फिर इंक्रीमेंट तब होगा जब इनिशियल वैल्यू कम होगी और डिक्रीमेंट तब होगा जब इनिशियल वैल्यू ज़्यादा होगी और इसमें कर ली ब्रैकेट में जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगे तो रख लेंगे अब इसका फॉर लूप के कुछ स्पेशल डिज़ाइन होती है टू परफॉर्म अ रेपिटेटिव एक्शन विद अ काउंटर वर्क इन अ फॉलोइंग मैनर। इस तरह से लूप फॉर लूप वर्क करता है जिसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आता है इनिशियल वैल्यू सेटिंग फॉर द काउंटर वैल्यू अब फॉर में काउंट ही तो होता है ना कि लूप कितनी बार चलेगा तो इनिशियलाइजेशन में सबसे पहले काउंटर वेरिएबल की वैल्यू सेट करते हैं कंडीशन चेक इफ इट इज ट्रू द लूप कंटिन्यू अदरवाइज लूप फिनिश एंड स्टेटमेंट इज स्के अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप में सेकंड स्टेप पे आकर के फिर से परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और अदरवाइज एग्जिट हो जाता है स्टेटमेंट इज आर एग्जीक्यूटेड एज यूज इट्स कैन बी सिंगल स्टेटमेंट और ब्लॉक अपनी ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ जाता है वो स्टेटमेंट होता है और वो एक या एक से ज्यादा हो सकता है फाइनली व्हाट एवर इंक्रीमेंट ऑफ डिक्रीमेंट डिफाइंड इन एग्जीक्यूटेट बैक टू दू कंडीशन स्टेटमेंट ऑफ द फॉर यू तो फाइनली क्या होता है जब कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है तो वो वहाँ पर सेकेंड स्टेप पे जाएगा फॉर के अभी आगे जब हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेकेंड स्टेप कहाँ हुआ सेकेंड स्टेप जहाँ से करली ली स्टार्ट होता है इंक्रीमेंट मींस प्लस प्लस और डिक्रीमेंट मींस माइनस माइनस इंक्रीमेंट अकर्ज व्हेन इनिशियल वैल्यू इज लेस दैन द कंडीशनल फाइनल वैल्यू और डिक्रीमेंट अकर्ज वैन द इनिशियल वैल्यू इज ग्रेटर दैन द कंडीशनल फाइनल वैल्यू तो अभी वो जो हमने ऊपर बताया कब इंक्रीमेंट होगा कब डिक्रीमेंट होगा वेरियस फॉर्म ऑफ लूप स्टेटमेंट कैन बी एज फॉलोस। अब इसके डिफरेंट फॉर्म भी होते होंगे जरूरी नहीं है कि हर बार हम तीनों कंडीशंस को डिफाइन करें नो no, इनिशियलाइजेशन no और इनिशियलाइज़ बिफोर फॉलो अब यहां पे अगर हम स्नेवी कोलन पहले लगाते थे तो कंडीशन लगाते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिख पेंगे तो यहाँ पे हमने इनिशियल कंडीशन को डिफाइन नहीं किया क्यों क्योंकि फॉर लूप के पहले हमने इनिशियल कंडीशन को डिफाइन कर दिया है नो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट विद इन बट लूप आफ्टर लूप, बट डिफाइन आफ्टर लूप। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को क्या करते हैं आपके इनिशियलाइज़ नहीं किया और नहीं लिया और इनिशियलाइजेशन और कंडीशन को लिया और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को बॉडी के अंदर कर ब्रैकेट के अंदर ले लिया नो टेस्ट कंडीशन टू कंट्रोल एक्स अब थर्ड कंडीशन क्या है जब हमने कंडीशन ही नहीं लिया है और उसको फॉर लूप के अंदर ले लिया है तो कंडीशन अगर वहाँ पर होगी तो या तो ब्रेक हो जाएगा लूप या तो कंटिन्यू होता रहेगा थर्ड फोर्थ कंडीशन है इनिशियलाइजेशन रिक्वायर्ड टू भी डन बिफोर द लूप एंड टेस्ट कंडीशन इज चेक इनसाइड साइड द लूप अब इसमें क्या होगा इनसाइड लूप में कंडीशन को हम चेक करेंगे अब देखो इनिशियलाइजेशन भी नहीं लिया और कंडीशन भी नहीं लिया केवल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिया है तो कंडीशन भी हम खरली ब्रैकेट के अंदर करेंगे और इनिशलाइजेशन फॉर लूप के पहले करेंगे और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम केवल देंगे condition condition condition and and increment increment increment decrement decrement decrement is to be done inside inside the the the loop. loop loop loop. initialization Initialization before तो इस तरह से डिफरेंट टाइप से हम फॉर लूप को लिख सकते हैं Even हम for loop में कोई भी चीज ना दें तब भी हम काम कर सकते हैं क्योंकि इनिशियलाइजेशन पहले कर लेंगे कंडीशन और डिक्रीमेंट हम लूप के अंदर करेंगे। टू लूप्स कैन बी टुगेदर यूजिंग कॉमा कॉमा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जैसा कि हमने पढ़ाते समय बताया था कि फॉर लूप के अंदर दो लूप हम एक साथ चला सकते हैं जिसमें आई इक्वल्स j जीरो आई लेस देन जे और j ग्रेटर देन जीरो Uh, i प्लस प्लस जे माइनस माइनस अब i ज़ीरो से स्टार्ट है j फोर से स्टार्ट है कंडीशन है कि i तब तक काम करे जब तक कि j से कम है और j तब तक काम करे जब तक कि जीरो से बड़ा है i को प्लस प्लस कर रहे हैं क्योंकि i कम है और j को माइनस माइनस कर रहे हैं क्योंकि j हमारा बड़ा है तो आधे पे आकर के ये कंडीशन को एक्सिट कर जाएगा प्रिंट प्रोग्राम प्रोग्रामू प्रिंटर 10 नेचुरल नंबर अब सिंपल प्रोग्राम ने लिया आपको समझाने के लिए कि 10 नेचुरल नंबर्स को हम कैसे प्रिंट करेंगे इसमें देखिए हमने लिया i और n एन को एंटर करा लिया तो नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाएगा कि कहां तक प्रिंट करना है i इक्वल्स टू वन i लेस देन एन आई प्लस प्लस प्रिंट परसेंट d i अब आउटपुट क्या होगा एंटर वैल्यू ऑफ एन हमने six डाला तो first six natural number क्या हो जाएगा क्यों क्योंकि छ तक ही लूप चलेगा और उसमें i की वैल्यू सिक्स तक बढ़ेगी प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग फॉर्मेट दिस इज वन लूप में बी inside another अब नेक्स्टेड लूप में क्या होगा कि दो लूप आएगा और हम अपने पैटर्न को फॉर्क लूप में प्रिंट कर पाएंगे पैटर्न्स पे एक अलग हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं फॉर लूप या वाई लुक के थ्रू से जिसके थ्रू आप पैटर्न बना सकते हैं अभी एक सिंपल पैटर्न लिया है जिसमें हमने दो लूप लिया फॉर का लूप लिया वन टू फोर क्योंकि एक दो तीन चार प्रो है और उसको स्टार्ट किया और आई को जे को जो लिया है वो कहाँ तक लेंगे हर बार आई तक लेंगे मतलब चार रो और चार कॉलम है आपके और उसको प्रिंट करना है तो आई को जब हम वन लेंगे तो प्रिंट आई होगा पहली बार वन की वैल्यू प्रिंट होगी फॉर जे इक्वल्स टू वन जे लेस देन आई इक्वल्स टू आई प्लस प्लस जे तो अब पहली बार क्या होगा प्रिंट होगा वन फिर वन टू होगा फिर वन टू अब यहाँ पे देखिए टैब लगा है तो टैब लगा है तो क्या होगा वो एग लगा होने से वहाँ पर और प्लस प्लस पहले क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए इनिशियल वैल्यू आई जे की नहीं दी है तो वो इनिशियल वैल्यू आपकी बढ़ा देगा पहले और तब प्रिंट करेगा तो यहाँ पर फायदे से नहीं ठीक है आई ही लिया अब यहाँ पे आए हम नीचे और इस ये इस आउटपुट इसका यही आ जाएगा अब नंबर ऑफ़ इंटरेशन इन वेस्टर्ड लू अब कैसे ये पता करें कि कौन सा लूप कितनी बार चलेगा तो उसके लिए छोटा सा प्रोग्राम बनाया है एच एम एस तीन वेरिएबल लिया है इसको क्लियर स्क्रीन किया है एच दो तक चलेगा एम दो इंटरेशन चलेगा और एस दो इंटरेशन चलेगा अब हमने इसको प्रिंट किया तीनों को तो पहली बार सब में वन प्रिंट हो जाएगा और डिले लूप लगा दिया कि थोड़ी देर वो स्क्रीन पे दिखता रहे और उसके बाद सी एल आर एस सी आर किया नेक्स्ट टाइम फिर ऊपर जाएगा अब कि कहाँ जाएगा एस पे जाएगा क्योंकि एस दो बार चलना है तो पहली बार वन वन टू प्रिंट करेगा वन वन वन करेगा दूसरी बार वन वन टू कर देगा अब जब इससे बाहर निकलेगा लूप तो एम वाले लूप पर जाएगा एम वाले लूप पे क्या होगा एम की वैल्यू टू हो जाएगी तो पहली बार वन वन प्रिंट करेगा फिर वन टू टू करेगा फिर उसके बाद जब एम से निकलेगा लू तो एच पे चला जाएगा एच पे जाएगा तो अब वैल्यू टू हो गई है तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी इसकी वैल्यू वन हो जाएगी तो टू वन वन कर देगा फिर एच में जाकर टू वन टू कर देगा फिर यहाँ पे वैल्यू जब टू होगी तो टू वन टू टू वन करेगा फिर इसमें यहाँ पर जब वैल्यू जाएगी तो टू टू टू करेगा और एग्जिट कर जाएगा तो इस तरह से हमारा लूप कितनी बार चला पहला लूप दो बार चलेगा दूसरा लूप चार बार चलेगा और तीसरा लूप आठ बार चलेगा क्योंकि पहले वन के लिए ये दो बार चलेगा और पहले वन के लिए ये दो बार चलेगा अब इसके दो टू के लिए ये दो बार चलेगा फिर इसके टू के लिए दो बार चलेगा तो इस तरह से हमारे लूप का इंटरगेशन कितनी बार चलेगा हम कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं वैलिड और इनवैलिड फॉर लूप अब लूप वैलिड है कि इनवैलिड है इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा तो वैलिड लूप कब होगा जब हम एक लूप के अंदर दूसरा रूप रखेंगे लेकिन वो क्रॉस नहीं होगा और गो टू स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे तो गो टू आउटसाइड हमने जब लिखा तो आउटसाइड नाम का एक लेबल बन गया जो जिस पर हमने लिखा है प्रिंट ओवर तो जब जे की वैल्यू दो हो तो हमने कहा कि वो लूप से बाहर आ जाए और ये लूप करेक्ट है क्यों क्योंकि लूप के बाहर तो हम आ सकते हैं ले, लेकिन लूप के अंदर नहीं जा सकते हैं वापस ऊपर की तरफ नहीं जा सकते हैं वो रॉन्ग है कैन जम्प इन साइड द लूप लूप के अंदर जम्प कर सकते हैं लेकिन लूप के बाहर कर सकते हैं ले, लेकिन लूप के बाहर से अंदर नहीं आ सकते हैं तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो यहाँ पर गो टू इन साइड अब लूक के अंदर ही अंदर जब कर रहा है तो वो वैलिड है क्योंकि प्रिंट इन साइड जे लू आप लूक के अंदर ही प्रिंट कर रहा है तो ये वैलिड है लेकिन जब आप किसी लूक में बाहर हैं तो इन वैलिड लूक कब होगा गो टू इन अब आपने फोर लूप यह था जिससे जम करके आई में जाना चाहेंगे तो वो एरर दे देगा क्यों क्योंकि उससे वेरिएबल की वैल्यू अफेक्ट करेगी और प्रोग्रामिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम होगा यहाँ पर आपने जब इन पे भेजेगा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तो वो जाएगा ही है सो टू लूप कैनोट क्रॉस ई जगह अगर आई स्टार्ट किया है तो और उसके अंदर जे डाला है तो पहले जे खत्म होगा तब फिर आई को हम टर्मिनेट कर सकते हैं सब आई लुक स्टार्ट फर्स्ट एंड आफ्टर जे लुक एंड जे स्टार्ट सा फर्स्ट देन आई आई के पहले जे को स्टॉप करना पड़ेगा बाद में स्टॉप नहीं कर सकता है सो दिस इज़ ऑल टूडे टमोरो आई विल टेक द जम्प स्टेटमेंट हालांकि हमने गो टू इसमें पढ़ा दिया है लेकिन जम्प स्टेटमेंट के कई स्टेटमेंट हैं जो हम कल पूरा क्लियर करेंगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि बहुत अधिक पढ़ा देने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और अनमोनोटेनस हो जाता है सो थैंक यू व्यूवा दिस इज़ ऑल टूडे लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आई टी इंफॉर्मर Follow my all social media link. Join my Telegram channel. Take a test. Go to community and comment there and um, answer on poll. Thank you.